फिर कब बैक टू माय माइन थी आज हम खेलने वाले हैं मुझे बोला है कि मुझे क्लिक करके आयरन वाली वाली खेल रहे हैं तो देखते हैं भाई भाई को मिलेंगे अब मैं भाई को डिस्काउंट में बुला लेता हूँ ओ हेलो भाई हेलो कैसे हो भाई कैसे तो, तो मैं मैं लूंगा मक ट्वेंटी ये ना स्पेस में जाता भाई ने बताया था अरे ये लैगी क्यों हो रहा हो हो हो ठीक गई? ये ये वो वो गोल्ड का सुनता हुआ स्पेस में गया था इसको लेके गोल्ड का उड़ नहीं सकता आर से होता है मिसाइल ये रिपल्सर मुझे ना गाड़ी ऐसे चलाने में मजा आता है क्योंकि यार यहाँ पर माउस को तो नहीं क्या माउस को हिलाना नहीं पड़ता और क्लिक नहीं कराना पड़ता तो इसीलिए तो मेरे भाई ने मुझे ना कोई पहले मुझे देखने दोस्त ने कौन सी बिल्डिंग ने बुलाया ओके मैं समझ गया हूँ वो उसने उसने उसने बोला था मैं, उसने बोल था था मैं मैंने इसीलिए इसीलिए रुका क्या लिखना था, सूट ले, -ले के लिए तो ऊपर किसका ने है? ने ने बचा पर अरे ये कौन है अरे भाई कैसे है यहाँ पर यहाँ पर इस बिल्डिंग में जिप अरे कैसे हो भैया अरे मिसाइल भाग रहा हूँ तुझे ऐसे करना पड़ेगा बाय गाइस तू भी गया आई इसने तो मुझे भी। करना पड़ेगा भागो भागो भागो भागो भागो मेरा सूट थिंक खराब हो गया ये देखो ना डस्ट आ रही है इसके ऊपर ओके जब तक आप जब आपको ये पता नहीं होगा जब तक आपका सूट लाइक ये गंदा लाइक उसका बात मैंने पावर ऑन भूल गया अच्छा कर ले फिर आपको लिखना होता है रिपेयर सूट और लिख चुका है रिपेयर सूट एंड पहले भाई की पावर ऑफ होगी भाई आपको ये लिखना होता है पावर ऑन। पावर ऑन यस गया? गया? गया। और रिपेयर सूट ये रिपेयर हो चुका है और हम चलते हैं इसकी स्पीड कितनी है मैक्स पहले देखते हैं थे इसकी टू टेन है मतलब टू हंड्रेड टेन ओ हाँ हाँ, ब्लू भाई किया मैं स्पेस में जा रहा हूँ मुझे नहीं पता ये भाई मजाक कर रहा है ये स्पेस में, जाता है जाता में तो ये जा दुनिया मीटर। मीटर। तो अभी तक तो, तो स्पेस में जाता है था भाई अबे अबे वो अबे वो नहीं कैसे तो हाँ, तो तो लगा सैटवन मेचे से जाता हूँ नीचे से कैसे जा पड़ेगा जाना पड़ेगा नीचे। आ आ भाई। अभी आ रहा। तो मार्म, मार्म, मार्म, मार्म, मार्म, मार्म, है हाँ ये वाले क्या? ऑफ़ करो। पहले मैं इसको क्लिक कर ओके हो गया। ये लिख के आ रहे ना आर्मर की हेल्थ कितनी रहेगी स्पीड मेरी एनर्जी 70% है मेरी एनर्जी 5% है नहीं नहीं 90 है आई थिंक हां 90 है 90 तो रुक गया मैं उसे हल्की मारूंगा आ चुकी है अंडर वो मेरे सिर पे बस बोंगा स्टाइल से आराम स्टाइल्स आई मैन इस कलेक्शन देख रहे स्पेस तो था नो तो طلع इतना खतरनाक पावर नहीं होना अब आप देखेंगे कैसे में बुला रहा तुम्हें। तुम्हें पहले उठाया क्यों नहीं मेरा सॉरी, अब अब उठा दियो था दिया उठा दिया पर तुमने ऑलरेडी उठाया हुआ है, मजाक करना बंद करो अरे ये क्या हो गया <coughs> अरे यार अरे नियम था क्यों नहीं साइन Iron man, no, no, no. man is here, not becoming. No, <laughs> <laughs> oh, wow, wow, wow. Paru, paru, par. no, no. Iron Man is here, not Shalasta is here. Bye. Woo! Let's start the English language. Oh, oh, oh, oh! Paru, paru, paru. I am Iron Man's very big fan. I am too. Do you know? आयन मैन ने अपना बहुत बड़ा फैन ये सब कुछ पता उसके बारे है। बता, में का बार बना था। उसने उसने तो बनाया था खुद वो, वो, बना नहीं होता ये बना रहा है। My team, नहीं two, zero, zero, हो मैंने माइ थी में तो ना ये ने साइन तो मार दी इसकी पावर ऑफ होगी या ले तो उसे आईल मार दी अच्छा तुझे पता क्या लिखना पावर ऑफ बोलना के दे नहीं नहीं सोचा इधर नहीं तू तुझे ये वाला बटन दबाना होगा जैक मैं ये जीवाटिया पर मैं बिना आई गया जैक तो बता तू कितनी हाइट में है यार तू कितनी हाइट में है 1 वर्ल्ड किलोमीटर चुटकर बिल्डिंग में तो खड़ा है तो और मैं तो तुम्हें इस को होगा होगा वाला मरना फिर जाओ ना मरो तुम मुझे क्यों बुला रहे हो अरे मैं लूंगा ये वाला सूट जो मार्क्स थ्री है मार्क्स टू चाहिए ये तो तो मैं से आयरन मैन बिकार सी शक्ल जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कुछ नहीं था आपने तो नहीं देखा न हाँ मैंने मैंने कर दिया क्या मैंने देखा, ने कुछ ने देखा। आ, नहीं कुछ वो वो मशहूर ही थी गए थे ना लोग मुझे मार मारे तेरी वजह से मुझे मैं अपनी में जा रहा हूँ देख सरवाइव कर पाता इतनी हाइट से मुझे तो लगता नहीं है तो रोता है, है? क्या God, sweet, sweet. अबे, तो से नहीं पांडा बहुत क्या अबे मेरे घर में आ चुका क्या मैंने तो डिस्कोट सर्वर उठाया हुआ था और तूने मेरे बाथरूम में के गेम के जॉन मुझे बोर्ड पर लिख खमा सोचूं कहां से लिखूं उसे अब उसको तो लिख रहे है मेरा स्टेज में ना सूट आ चुका है जम्मू रिचार्ज मैं नहीं भेगा स्पेस वाला है नू बड़े तल पर टट्टी और देख देखो देख लो उसको ना सुसु वो ना अपनी जगह ढूंढ रहे हैं पर ये मैं सुसु सु... सु... कर रहा रहा है हल्का हो हो गया कितनी तेज अरे हल्का हुआ यार हल्का हल्का तो मैं मैं मेरा कुछ ज्यादा ही पागल हो गया हूँ कौन सी पिंक वाली बिल्डिंग अच्छा ब्लू वाली बिल्डिंग में तो जाते हैं हाइट में फील ये है रेड बिल्डिंग येलो बिल्डिंग काला बिल्डिंग आ चुका ब्लू बिल्डिंग में डंडा डंडा दंद। इस उसके टॉप में आओ मैं तो उसके टॉप में ही हूँ भाई में आ रहा है अच्छा नहीं सर पाए सरवाइव नहीं कर पाएगा यहां से नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा गया अबे ये क्या होगा गया उसका मास्क है डिस्ट्रॉय सूट लिखा है सूटअप तो दिस तो है तू मेरे रूम में आ गया पार्कोर वाली का मैच है प्लीज अबे पार्कोर वाली पेला वीडियो तो बनने दे अच्छे तरह से पार्कोर वाली में नेक्स्ट एपिसोड नहीं अभी भी यार वीडियो का वीडियो कोई नहीं आता चैलेंज में इतना लाइक और सब्सक्राइब और बाय तक के लिए बाय मजा नहीं आ रहा तो वीडियो कर दो पक्का ओके हेलो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल में सब्सक्राइब करना मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय